हेलो फ्रेंड्स माय स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि वंग भस्म के लगभग 40 से 45 फायदों के बारे में जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में वंग भस्म के मैं चालीस से 45 फायदे बताऊंगा तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को माय स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे आप प्रेस करके पास में जो बेल आइकोन है उसे दबा लीजिए और दोस्तों आप ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव जरूर कर लीजिएगा और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आपने ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव किया है या नहीं किया है अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाएगी दोस्तों अगर आपको ये पतंजलि की वंग भस्म चाहिए या फिर अगर आपको आपकी किसी भी बीमारी को लेकर कंसल्टेंसी या किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपकी ओन कॉल पर्सनल कंसल्टेंसी जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और ये भस्में भी आपको आपके घर पर बाई कोरियर जो है भेज दूँगा दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है पतंजलि वंग भस्म जो कि पाँच ग्राम की आती है ठीक है और इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा ठीक रहेगा और ये दोस्तों इस प्रकार से वाइट थोड़े से मट कलर की होती है और पीछे की साइड में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है वंग भस्म और डोज में लिखा हुआ है इसमें एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन ठीक है मतलब इसको किसी चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही आपको लेना है इसको को अकेले नहीं लेना है ठीक है तो अगर आपको इसका डोजेस जानना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको ऑन कोई पर्सनल कंसल्टेंसी आपकी बीमारी के अनुसार आपको बता दूंगा क्योंकि दोस्तों ये जो भस्में होती है काफी स्ट्रांग होती है इनको अकेले नहीं लिया जाता है इसलिए दोस्तों आपको आपकी बीमारी के अनुसार इसको कितनी मात्रा में लेना है कैसे लेना है तो वो मैं आपको जो है जब आप मेरी कंसल्टेंसी दोगे तब मैं आपको बता दूंगा डोज में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन दोस्तों इसमें कुछ इंडिकेशंस लिखे हैं यूजफुल इन यूरिनरी डिसऑर्डर्स लिकोरिया एक्सेट्रा मतलब आपको यूरिनरी डिसऑर्डर और लिकोरिया में ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा हालांकि दोस्तों इसके लगभग 45 फायदे से लेके पचास फायदे लगभग मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो इस आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा मैं एक एक चीज आपको जो है एक्सप्लेन करके समझाते जाऊँगा दोस्तों इसकी जो कीमत है काफ़ी कम है केवल तेईस रुपये की आती है दोस्तों ये और इसके दोस्तों इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो दोस्तों आइए इसके जान लेते हैं इसके फायदे के बारे में और दोस्तों आप कंफर्म कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों ये जो वंग भस्म होती है ये सभी प्रकार के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं ठीक है सेक्सुअल डिसऑर्डर में बहुत अच्छी जो है फायदे करती है मतलब सभी प्रकार के यौन समस्याओं के लिए बहुत अच्छी रामबण औषधि है जिन लोगों को खून की कमी है एनीमिया की शिकायत है वो लोग अगर इसका सेवन करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा अस्थमा में भी दोस्तों आप वंग भस्म का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं जिन लोगों को की शिकायत होती है वो लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो कफ और खांसी की जो शिकायत है जितने भी रोग हैं तो गर्भ के रोग में ये आपको बहुत अच्छे फायदा करेगी दोस्तों को गर्भाशय से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है मतलब पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे में दोस्तों से आपकी लीडिंग जो है बंद हो जाएगी जो दोस्तों ये जो गैनोरिया होती है गैनोरिया में बहुत अच्छा फायदा करती है दोस्तों जो गैनोरिया है वो एक प्रकार से सेक्सुअल डिसऑर्डर है मतलब एक यौन रोग है ठीक है और उसमें भी ये बंग भस्म आपको बहुत अच्छे से फायदा करेगी दोस्तों अगर आपको शरीर में कहीं पर भी सूजन आ गई है तो कहीं पर भी सूजन हो चाहे सर से लेके एडी तक तो सूजन में आपको बहुत अच्छे से आराम करती है ये दोस्तों अगर आपको अर्थ्राइटिस के कारण या दर्द के कारण सूजन आ गई है तो इस प्रकार की सूजन में भी आपको ये फायदा करेगी ये दोस्तों डिम्ब शरण मतलब एन एवोल्यूशन की जिनको प्रॉब्लम है जिन महिलाओं को जिन लड़कियों को डिम्ब शरण की प्रॉब्लम है एन एवोल्यूशन की प्रॉब्लम है तो वो महिलाएं अगर इसका सेवन करेगी तो ये प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएगी दोस्तों स्किन डिजीज के लिए भी ये वंग भस् बहुत ही अच्छी रामबान औषधि है जिन पुरुषों को या जिन महिलाओं को धातु शीणता की शिकायत है तो धातु शीणता की जो शिकायत है उसमें भी दोस्तों ये बहुत अच्छे से जो है फायदा करती है दोस्तों ये जो बंग भस्म होती है नपुंसकता को हटाने के लिए बहुत अच्छी काम करती है जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी प्रकार की जो यौन समस्याएं यौन रोग हैं है, उसमें बहुत अच्छे से फायदा करती है तो ये आपकी नपुंसकता की शिकायत को भी जो है दूर करेगी दोस्तों जिन पुरुषों को सॉरी uh, जिन महिलाओं को पीरियड पेन होता है ठीक है मतलब मासिक धर्म के दौरान अगर आपको दर्द रहता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ऐसे में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों जिन पुरुषों के लिंग में तनाव नहीं आता है या जिन पुरुषों के लिंग से संबंधित अगर आपको कोई भी रोग है मतलब जो प्रजनन तंत्र होता है पुरुषों का जो लिंग होता है पैनिस होता है पैनिस से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो ऐसे में भी वंग भस्मक का आप सेवन कर सकते हैं दोस्तों बहुत सारे पुरुषों का लिंग खड़ा नहीं होता है किसी के लिंग के साइज में अंतर होता है बहुत सारे पुरुषों का लिंग जो है उसकी नसें कमजोर हो जाती है बहुत सारी होती है तो सभी प्रकार की, की प्रॉब्लम में आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों ये जो है पुरुषों के प्रमय रूप में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों जिन पुरुषों को या जिन महिलाओं को पेशाब के साथ में शुक्र धातु जाती है तो इसमें भी अगर आप इसका सेवन करोगे तो आपको बहुत फायदा साबित होगा दोस्तों जो वंग भस्म है वो आपके यूरिनरी ट्रेक इन्फेक्शन मतलब जो पेशाब संबंधी रोग जो होते हैं जो संक्रमण होता है तो उसमें बहुत अच्छे से ये जो है काम आती है जिन पुरुषों को बहुत ज़्यादा पेशाब आती है बार बार पेशाब आने की शिकायत है या जिन महिलाओं को बार बार पेशाब आती है मतलब जिस भी व्यक्ति को बार बार पेशाब मतलब बहुमूत्रता की शिकायत है वो व्यक्ति अगर इसका सेवन करेगा तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों ये बीसों प्रकार के प्रमय में काम आने वाली एक औषधि है जी हाँ दोस्तों ये जो वंग भस्म है ये आपके 20 प्रकार की जो प्रमय की शिकायत होती बीमारी होती है उसमें आपको ये काम आता है दोस्तों जो महावारी होती है उसके पूर्व में होने वाले सेंड्रोम में भी आपको बहुत अच्छे से जो है फायदा करता है दोस्तों महावारी पूर्व सेंड्रोम यह होता है कि जैसे मासिक धर्म के पहले की आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसमें आपको ही फायदा करेगी और मासिक धर्म की जो भी आपको तकलीफें होती है सभी तकलीफों में आपको फायदा करती है दोस्तों जो मुंह से दुर्गंध आती जिन लोगों के उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी रामबाण औषधि है दोस्तों ये मूत्र पथ का अगर कोई संक्रमण है तो मूत्र पथ के संक्रमण में भी आपको बहुत अच्छा ये काम करेगी दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार से मूत्र विकार है तो मूत्र विकार के लिए भी काम हाल औषधि है मूत्र विकार के लिए अगर आप इसका नियमित सेवन करते करते हैं तो आपको काफी हद तक इसका जो है फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों फाइनली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापा है बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है बैठे बैठे बहुत ज़्यादा जिनका वज़न बढ़ गया है फैलते जा रहे हैं जो लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं जिन लोगों को ओबिसिटी का जो लोग शिकार है जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है तो ऐसे लोग अगर वंग भस्म का उपयोग करेंगे तो आपके मोटापे में दोस्तों वंग भस्म आपके मोटापे को कम करने में आपकी मदद करेगी और हालांकि मैं जो मैजिकल स्लीमिंग पाउडर बनाता हूँ उसमें मोटापे की जो मैजिकल स्लिमिंग पाउडर है उसमें वंग भस्म का 101 परसेंट उपयोग करता हूं क्योंकि तो इसके बिना मैजिकल स्लिमिंग पाउडर बनना पॉसिबल ही नहीं है ठीक है अगर आपने मैजिकल स्लिमिंग पाउडर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल में पतंजलि का कॉलेज में जाके आप देख लीजिएगा तो मोटापे के लिए दोस्तों बहुत अच्छी दवाई है इसके बाद में दोस्तों जिन लोगों को रक्त दोष होता है ठीक है तो रक्त दोष के लिए दोस्तों बहुत अच्छी ये दवाई है अच्छा रजो निर्वृत्ति के बाद में होने वाली समस्याएं ठीक है थीके? उसमें भी बहुत अच्छी काम आती मतलब जिन महिलाओं को पीरियड जाने वाले हैं और इस दौरान उनको जो भी समस्याएं होती है तो उसमें बहुत अच्छी है जो है काम आती है रजो रोध में भी बहुत अच्छी काम आती है मतलब जिन महिलाओं को कभी भी पीरियड नहीं आए हैं जिन लड़कियों को कभी भी पीरियड नहीं आए हैं तो ऐसी लड़कियों के लिए भी ये बहुत अच्छी जो है फ़ायदेमंद साबित होती है ठीक है या जिन महिलाओं जो जिनकी एज जो है 40 साल 50 साल हो गई लेकिन पीरियड नहीं आए हैं और उस कारण से आपको अगर प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है तो ऐसी महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी जो है रामवन औषधि है ठीक है दोस्तों ल्यूकोरिया की जो समस्या होती है महिलाओं में जो सफेद पानी की शिकायत होती है तो सफेद पानी की शिकायत मतलब ल्यूकोरिया में बहुत अच्छे से ये जो है काम आती है जिन पुरुषों को या जिन महिलाओं को वीर स्राव हो रहा है वीर श्राव की जो समस्या है इसमें दोस्तों ये बहुत अच्छे से जो है काम आती है दोस्तों जिन पुरुषों को या जिन महिलाओं को शीघ्र पतन की समस्याएं हैं ठीक है ठीके? मतलब बहुत जल्दी जो है उनका सेक्स टाइम खत्म हो जाता है बहुत जल्दी उनका एजुकेलेट हो जाता है ठीक है मतलब प्री मेचर ठीक है उसमें यह आपका बहुत अच्छा फायदा करेगी वंग दोस्तों ये शुक्रमेह को जो है आ, जो शुक्रमेह की जो प्रॉब्लम होती है उसको रोकती है ठीक है और उसको ठीक भी करती है संतानहीनता मतलब प्रेग्नेंसी प्रॉब्लम में बहुत अच्छी काम आती है वंग भस्म अगर आपको पुरुषों को या महिलाओं को दोनों में से किसी को भी अगर प्रेग्नेंसी प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप इसका जो है बिल्कुल सेवन कर सकते हैं दोस्तों ये स्त्री की जो प्रदर की समस्याएं होती है उसके लिए बहुत अच्छा जो है फायदा करती है दोस्तों ये सभी प्रकार की जो महिलाओं की समस्याएँ हैं उसके लिए तो बहुत ही रामवान औषधि है दोस्तों जिन महिलाओं को और जिन पुरुषों को स्वप्न होता है ठीक है नाइट फॉल होता है वेड ड्रीम्स होता है तो ऐसी महिलाएँ और ऐसी पुरुषों के लिए वंग भस्म बहुत ही अच्छी रामवान औषधि है अगर आप इसका नियमित सेवन करते तो आपको स्वप्न की शिकायत से छुटकारा मिलता है दोस्तों इतनी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे केवल लाइक चाहिए आपका सब्सक्राइब चाहिए ठीक है और कुछ नहीं चाहिए ठीक है तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट को आप सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ओल नोटिफिकेशन को सेव कर दीजिए और दोस्तों अगर आपको इस वंग भस्म के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या आप आपकी किसी भी बीमारी को लेके पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आप व्हाट्सअप नंबर देखते हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं बाय कोरियर आपके घर तक भस्म आपको पहुँचा दूंगा और आपको आपकी बीमारी के अनुसार इसको लेने का तरीका और आपको आपकी बीमारी के अनुसार आपको किस दवाई कि साथ में इसको लेना चाहिए जो भी आपको मदद चाहिए सारी चीजें मैं आपको जो है बता दूंगा दोस्तों अभी हम बात करते हैं अभी हमने जाने पतंजलि वंग भस्म के फायदे अब दोस्तों यूज़ हो पतंजलि वंग भस्म मतलब बेनिफिट्स पतंजलि वंग ठीक है इसकी सेवन विधि कैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर तो लिखा है कि ठीक है मतलब चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही इसका आपको प्रयोग करना है लेकिन मैं आपको फिर भी इसका एक उपयोग बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको वंग भस्म का सेवन करना है तो एक बार आप मेरी कंसल्टेंसी ले लीजिएगा दोस्तों क्योंकि बिना कंसल्टेंसी के आप भस्म का सेवन मत कीजिएगा। तो दोस्तों नहीं बता सकता हूँ क्यों क्योंकि सभी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है सभी का शरीर अलग अलग होता है सभी की बीमारी अलग अलग है सभी की क्या अलग अलग दवाइयां चलती है तो सभी के लिए दोस्तों वो अलग अलग होगा तो इसीलिए दोस्तों आप मेरी आप मेरी ले लीजिएगा। जब मुझे और आपको मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज को लाइक कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथबुक पर जरूर शेयर कीजिए दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के और फेसबुक के स्टेटस पे केवल एक दिन के लिए इसको लगा लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वंग भस्म के पूरे फायदे सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंच सके दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों हर बार की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हर बार की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को सेव करने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम